हेलो एवरीवन अब्रीमान सोन सगना वेलकम बैक टू माई चैनल्स आज हम एक स्केचिंग बना रहे हैं जो कि इस का से दिखाई दे रहा है ये टाइटेनिक पिक्चर का है तो सोचा कि इसी को हम बनाते हैं आजकल काफी रियलिस्टिक बना हुआ है तो इसको देखने में बहुत ही टॉप लग रहा है बनाने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है करीब छः सात घंटा लग गया हमको बनाने में दो दिन से बना रहे हैं कल भी बनाए थे बाईस तारीख को और आज भी बनाए हैं आज तेईस तारीख है, है सातवां महीना तो आज भी करीब ढाई तीन घंटा बनाए हैं कल भी बनाए थे तीन घंटा तक करीब छः सात घंटा लग गया हमको इसको पूरा कंप्लीट करने में तो एकदम लगता है कि एकदम रियलिस्टिक बना है एकदम जैसा दिखाई दे रहा है पिक्चर एकदम रियलिस्टिक ऐसा ही स्केचिंग बना हुआ है तो आप सब देखो कैसा है कैसा आप सबको लगता है अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना भी ना भूलें ऐसा ही सपोर्ट करते रहें सपोर्ट करिएगा तो ऐसा ही वीडियो हमेशा आते रहेगा अब सोचें कि ऑनलाइन क्लास इस पर लेना है स्टार्ट करें लाइव क्लासेस हो इससे जुड़ना है तो कमेंट करिएगा जिसको भी सीखना होगा तो ऑनलाइन क्लास हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे स्केचिंग के लिए आउटलाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके अलावा बहुत सारा ऐसे तो बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पे लेकिन फिर मैंने मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा नया किया जाए तो क्लास स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा क्या नया है क्या नहीं तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाया जाता है आइए सब स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्टिंग Can't love it. लगा आप लोगों को स्केचिंग आई होप कि अच्छा लगा होगा थोड़ा इंटरटेन हुए होंगे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी डाले थे कि आप सबको कुछ बोर्िंग ना हो इसको देखने में आई थिंक कि आप सबको कुछ सीखने को यहाँ से जरूर मिला होगा मिला होगा तो लाइक जरूर करें लाइक करने के बाद अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद